हमारे यहाँ खेती करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं ब्रिटिश कोलम्बिया में खेती करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं अब सवाल आता है कि वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेखिए ब्रिटिश कोलम्बिया में उगाई जाती है चेरी अरे वही जो केक और पेस्ट्री पर पे लगी रहती है और चेरी बिकती है बहुत ही महंगी क्यूँकी चेरी की फसल बहुत ही जल्दी खराब होती है अगर थोड़ी किसी भी बिन मौसम बरसात हो जाती है तो चेरी की फसल भीग जाती है और कुछ ही घंटे बाद चेरी सड़ना शुरू हो जाती है और इसीलिए चेरी को सड़ने से बचाने के लिए बारिश बंद होते ही चेरी को सुखाना पड़ता है और जब हेलीकॉप्टर के पंखे की तेज हवा इन पर पड़ती है तो पानी दूर हट जाता है और चेरी सुख जाती है इसी ये लोग हेलीकॉप्टर यूज करते हैं